जय हिंद ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर सात है जो लोग एक से छः तक नहीं देखे देखें वो हमारे चैनल पर चले जाएं वहाँ पर देख लें अलग अलग प्लेलिस्ट दी गई है और या तो आप यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तब भी आप हमारे वीडियोस तक पहुँच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर ट्वेंटी के साथ जो कि कमेंट बॉक्स में पूछा गया था तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि जो एक नदियाँ दी हैं ये उनकी सहायक नदी दी हैं उनको सही जोड़े मिलाकर बताना था बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है तो चलिए मैं मिला देता हूँ जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी भीमा है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीसता है गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है और यमुना की सहायक नदी चंबल है तो इस प्रकार जो कूट बनता ए का पौर से बी का थ्री से सी का टू से और डी का वन से तो इस प्रकार बनता फोर थ्री टू वन तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फोर थ्री टू वन प्रश्न नंबर बाईस निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए तथा दिए गए कोटों के आधार पर अपने अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए कथन एक है भूमध्य प्रदेश में ग्रीष्म मृतु में वर्षा नहीं होती है कारण देखिए क्या है ग्रीस मृतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती हैं तो इसमें बताना है आप सन क्या है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है जबकि बी है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है तो इसमें बताना है कौन था कथन सही है प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर गलत है प्रश्न नंबर 23 चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ऑप्शन ए बेगनर बी लोथियन ग्रीन सी टेलर या फिर डी होम्स तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेगनर आप लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए साथ में हल करिए लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए प्रश्न नंबर चौबीस चूने की चट्टान पर अपेक्षे की क्रिया क्या कहलाती है ऑप्शन ए रसायनिक परिवर्तन बी भौतिक परिवर्तन सी जैविक परिवर्तन या फिर डी इनमें से कोई नहीं बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा सही तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आप शन रासायनिक परिवर्तन प्रश्न नंबर पच्चीस एक चंद्र दिवस की अवधि क्या होती है आप सही चौबीस घंटे बावन मिनट बी 24 घंटे 26 मिनट सी 24 घंटे 30 मिनट या फिर डी 24 घंटे तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप सन 24 घंटे बावन मिनट प्रश्न नंबर 26 मसाई आदिम जनजाति का मूल स्थान क्या है आप सन मलाया प्राद्वीप का मध्यवर्ती भाग बी मध्य एशिया का किरगिजिया पठार या फिर सी सऊदी अरब का मरुस्थल या पेड़ी पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र तो मथाई जनजाति कहाँ की मूल निवासी है यदि करना है प्रश्न नंबर छब्बीस का सही उत्तर है ऑप्शन ए मलाया प्रादीप के मध्यवर्ती भाग में मूल निवासी स्थान है मथाई जनजाति का प्रश्न नंबर सत्ताईस मानव एक यातायात के नियंत्रक के समान है जो प्रगति की गति को बदल सकता है दिशा को नहीं या कथन किससे संबंधित है आप सन पर्यावरणीय नियतिवाद से बी सा नियतिवाद से सी नव निश्चयवाद से या फिर डी संभववाद से तो बताइए जल्दी से प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सांस्कृतिक नियतिवाद का प्रश्न नंबर 28 उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है ऑप्शन नंदा देवी बी कामेत सी केदारनाथ या फिर डी बद्रीनाथ तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप नंदा देवी प्रश्न नंबर उन्तीस टोडा जनजात का मूल निवास स्थान कहाँ है आप्सन इलायची एवं नीलगिर की पहाड़ियाँ बी छोटा नागपुर सी हिमालय का तराई क्षेत्र या फिर डी अरावली एवं फसपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र तो प्रश्न नंबर उन्तीस का सही उत्तर जल्दी से बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इलायची एवं नीलगिर की पहाड़ियाँ प्रश्न नंबर तीस भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है इस कथन का मुख्य कारण क्या है ऑप्शन ए सस्ता श्रम बी बाजार की उपलब्धता सी सस्ती ऊर्जा या फिर डी गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोच की मात्रा जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 30, 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गन्ने की उपज की उपज एवं सुक्रोज की मात्रा प्रश्न नंबर 31, इसमें भी दो सूची दी हैं उनको आपस में मिलाना है तो सूची वन में ऑप्शन ए है ग्रेनाइट बी ग्रेबो सी बालूका पत्थर या फिर डी सेल जबकि दूसरी में स्लेट क्वार्टीज और सर्पेंटाइन लिखा है तो आपस में मैच करना है कि ग्रेनाइट किस पत्थर से बनता है का सही उत्तर बताइए क्या होगा ग्रेनाइट का नीस से ग्रेवो का सर्वेंटाइम से बालू का पत्थर क्वार्टजाइट और डी का वन तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर इकतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऊपरी क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर जिसे कहते हैं तीव्रगामी पवनों की संक्री पट्टी को क्या कहते हैं ऑप्शन ए हरिकेन बी जेट स्ट्रीम सी प्रति पवनें या फिर डी वायुमंडलीय वायुमंडली तो प्रश्न नंबर बत्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम प्रश्न नंबर तैतीस निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगों सही सुमेलित नहीं है बिशुबियस इटली एरेबस अलास्का कोटा पैक्सी एकडोर और डी मोना लोआ हवाई द्वीप इसमें यह बताना है एक हिसाब से ज्वालामुखी दिए गए हैं और उनके संबंधित देह दिए गए हैं तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जिसमें सही जोड़ा नहीं मिला है प्रश्न नंबर तैतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एरेबस अलास्का प्रश्न नंबर चौंतीस भूकंप किस प्रकार के संचरण है आप सने विवर्तनिकी संचरण आकस्मिक संचरण तीव्र संचरण या फिर मंद मंद संचरण तो प्रश्न नंबर चौंतीस का सही उत्तर होगा जल्दी बताइए आप लोग बी आकस्मिक संचरण प्रश्न नंबर पच्चीस लौ एस्की की सबसे उत्तम श्रेणी का क्या नाम है आप सने मैग्नेटाइट बी हेमाटाइट सी लेमोनाइट या फिर डी सेडेराइट तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैग्नेटाइट पीली क्रांति जिसे येलो रिवॉल्यूशन कहते हैं किस फसल के उत्पादन से संबंधित है ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन बी मत्स्य उत्पादन सी स्वर्ण उत्खनन या फिर डी दुग्ध उत्पादन प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिलहान उत्पादन से संबंधित है पित्त क्रांति प्रश्न नंबर सैंतीस सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए तथा तो निम्नलिखित कोट से अपने उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए तो सूची वन में क्या है बहुद्देशी परियोजनाएं हैं जबकि सूची टू में नदियां दी हैं तो मिलाइए हीरा कुकुंड जो बहुद्देशी परियोजना है वो किस नदी पर है तो वो महानदी पर है तो एक थ्री से सरदार सरोवर बहुद्देशी परियोजना नर्मदा नदी पर है बी का वन से जबकि राणा प्रताप सागर जो बहुत देसी परियोजना है वो चंबल पर है तो सी का टू से जबकि नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है तो डी का फोर से तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सहयोगक थ्री वन टू फोर थ्री वन टू फोर हीरा महानदी सरदार सरोवर नर्मदा नदी राणा प्रताप सागर चंबल और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर प्रश्न नंबर 38 कोरोमंडल मंडल तट का विस्तार है कहाँ तक है आप सुनें कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक बी कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक या फिर सी सूरत से गोवा तक या फिर डी सौरा सौराष्ट्र से सूरत तक बताना है कि कोरोमंडल मंडल तट का विस्तार कहां से कहां तक का है जल्दी से बताइए आप लोग। इस इस प्रश्न प्रश्न का का सही सही उत्तर उत्तर क्या होगा? तो इस का सही उत्तर होगा तो ऑप्शन बी। कुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक कुमारी से नंबर उनतालीस जोजिला किसे जोड़ता है ऑप्शन है श्रीनगर से लेको बी शिमला से तिब्बत को सी दार्जिलिंग से तिब्बत को या फिर डी श्रीनगर से पाकिस्तान को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो जिला दर्रा प्रश्न नंबर चालीस भारत में जीपसम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है आप शन असम में बी राजस्थान में सी उड़ीसा में या फिर डी मध्य प्रदेश में प्रश्न नंबर चालीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है स्थानांतरण सील कैसी सामानता होती है जहां पर ऑप्शन ए घास के मैदान में बी वनों में सी में या फिर डी मैदानों में का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वनों में जहां पर वन होते हैं वहां पर प्रश्न नंबर बयालीस किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर कितना होता है बारह घंटे का बी बारह घंटे तेरह मिनट का सी बारह घंटे छब्बीस मिनट का या फिर डी चौबीस घंटे बावन मिनट का प्रश्न नंबर बयालीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बारह घंटा छब्बीस मिनट का होता है दो क्रमिक ज्वारों के बीच में अंतर प्रश्न नंबर तैतालीस उष्ण या उपोषण मरुथर कहा पाए जाते हैं उष्ण या उपोषण स्थल कहाँ पाए जाते हैं ऑप्शन ये है पंद्रह डिग्री से तीस डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य या फिर तीस डिग्री से 40 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य या फिर डी 30 से 50 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य तैंतालीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 15 से तेईस डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रश्न नंबर 44। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा या लघुतम देश कौन सा है आप सुनें कनाडा ग्रेनाडा की जब कनाडा होना चाहिए था बेटकन सिटी माल्टा या फिर ऑप्शन डी मोनाको तो बताइए प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेटकन सिटी सबसे छोटा देश है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर प्रश्न नंबर पैंतालीस निम्नलिखित में कौन सा में सही सुमेलित नहीं है नहीं पाया जाता ध्यान देना है तो ऑप्शन से ए सेमांग कांगो एक सेमाग जनजातीय क्या कांगो में पाई जाती है बी मशाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है या फिर डी बद्दू कीनिया में सी निया में या फिर डी सकाई जापान में तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो है कांगो में नहीं पाई जाती बाकी ये सब सही हैं सब कांगो में पिग्मी जनजाति पाई जाती, जाती। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रश्न नंबर छियालीस मानव भूगोल सिद्धांत पुस्तक के लेखक का क्या नाम है ऑप्शन सें ई सी सेम्पुल बी फेडरिक राइटियल सी ग्रेफिड टेलर या फिर डी एल्सबर्थ हंटिंगटन तो प्रश्न नंबर छियालीस का सही उत्तर बताइए तो इस फंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रेफिड टेलर प्रश्न नंबर छियालीस का सही उत्तर ऑप्शन सी ग्रेफिड टेलर प्रश्न नंबर सैतालीस कौन सा बंदरगाह नहीं है ऑप्शन केप टाउन बी सिंगापुर सी कोलंबो या फिर डी फिलाडेल्फिया। इसमें बताना है कि कौन सा बंदरगाह नहीं है या कहा पर बंदरगाह नहीं है तो प्रश्न नंबर सैतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फिलाडेल्फिया। प्रश्न नंबर अड़तालीस कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है ऑप्शन बी अन्यूजेला बी इंडोनेशिया सी चीन, डी कुवैत इसमें बताना है है कि कौन कौन सा देश खनिज तेल का का का निर्यात निर्यात नहीं नहीं करता करता प्रश्न प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर सही सही उत्तर उत्तर होगा होगा तो इस ऑप्शन इंडोनेशिया इंडोनेशिया बाकी तीनों करते हैं कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध या फिर डी सीटबंध प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उषण प्रश्न नंबर 50 निम्नलिखित कथन और कारण के ध्यान में रखते हुए दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करिए कथन क्या है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह सुख है कारण क्या है शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है तो क्या ऑप्शन यह सही है जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं आर ए की सही व्याख्या भी है बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है या फिर ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है या फिर ऑप्शन डी ए सत्य है परंतु आर ए असत्य है परंतु आर सत्य है तो प्रश्न नंबर पचास का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ये तथा दोनों सत्य हैं आर्य की सही व्याख्या भी है मतलब यह है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह सुख ग्रह ही है और इसके अधिक गर्म होने के कारण उसका सघन वायुमंडल है प्रश्न नंबर इक्यावन भारत में निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर वाला कहाँ पाया जाता है जहाँ पर तापांतर सबसे ज्यादा होता है आप सुनिए दिल्ली बी चेन्नई सी मुंबई या फिर डी कोलकाता प्रश्न नंबर इक्यावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल्ली में प्रश्न नंबर बावन कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है ऑप्शन बी जलोह सी प्राकृतिक तटबंध या फिर डी भग्नाश्मकु इसमें बताना है कि कौन सा जो कौन सी जो आकृति है वो नदी के निक्षेपण से संबंधित नहीं है तो प्रश्न नंबर बावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भग्नाश्म प्रश्न नंबर तिरपन आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थल हिस्था, किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है ऑप्शन ए सचनात्मक सोपान बी जलोड़ संघ सीरिया या फिर डी नदी वेदिकाएँ प्रश्न नंबर तिरपन का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संरचनात्मक संरचनात्मक सोपान प्रश्न नंबर चौवन चैलेंजर गर्द कहाँ स्थित है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में बी हिंद महासागर में सी आंध्र, आंध्र महासागर में या फिर डी उत्तरी ध्रुव महासागर में ये बताना है कि चैलेंजर गर्द किस महासागर में स्थित है तो प्रश्न नंबर चौवन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में स्थित है चैलेंजर गर्द प्रश्न नंबर चौवन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर पचपन निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है नंबर एक ब्राजील की धारा बी लेब्रोडोर की धारा सी ऑकलैंड की धारा या फिर डी कनारी की धारा तो इसमें बताना है कि एक धारा भिन्न है मतलब यह है कि इसमें तीन एक जैसे हैं जबकि एक तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा तो प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है ऑप्शन ये है ब्राजील की धारा बी लेबराडोट की धारा सी फॉकलैंड की धारा या फिर डी कनारी की धारा तो देखिए इसमें भिन्न कौन सी है लेब्राडोड कनारी और जबकि फॉकलैंड ये तीनों धाराएँ ठंडी हैं जबकि ब्राजील एक गर्मी जलधारा है तो इसलिए ब्राजील जलधारा इन सबसे भिन्न है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्राजील की जलधारा प्रश्न नंबर छप्पन विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है ऑप्शन ए 40, 40 परसेंट सी 60 परसेंट या फिर डी सत्तर परसेंट प्रश्न नंबर छप्पन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 40 परसेंट प्रश्न नंबर दो जनगणना 2001 के अनुसार भारत का लिंगानुपात स्त्री स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर कितना है ऑप्शन स्त्रियों 923, 927, 933 या फिर 937 प्रश्न नंबर सत्तावन का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 933 स्त्रियों पर 1000 पुरुष देखिए प्रश्न नंबर अट्ठावन सूची वन है सूची टू है सूची वन में देश दिए गए हैं जबकि सूची टू में उस देश से संबंधित घास के मैदान दिए गए हैं तो मिलाना है कि कौन सा मैदान किस देश से संबंधित है तो देखिए दक्षिण अफ्रीका है तो दक्षिण अफ्रीका में जो है बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में डाउन पाए जाते हैं अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में पंपास पाए जाते हैं जबकि उत्तरी अमेरिका में प्रेरित पाए जाते हैं तो इस प्रकार से इस सवाल या इस पढ़ने का सही कूट होगा ए का थ्री से बी का वन से सी का फोर से और डी का टू से थ्री वन फोर टू तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थ्री वन फोर टू क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है ऑप्शन ब्राजील में बी मैक्सिको में सी भारत में या फिर डी चीन में तो प्रश्न नंबर उनसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत में प्रश्न नंबर उनसठ प्रश्न नंबर साठ भारत का कौन सा नगर लौ इस्पात से संबंधित नहीं है आप सुने विजयनगर बी विशाखापत्तनम सी राउर राउरकेला या फिर डी कोरापुट इसमें आप लोगों को बताना है कि इस किस नगर में लह इस्पात उद्योग नहीं है तो इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है हमें कमेंट बॉक्स में हम इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में